हेलो वेलकम टू पी स्टडी प्रिय साथियों उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत बेहतर चल रही होगी बी यानी बीटीसी का सेकेंड सेमेस्टर का मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे हैं और बिल्कुल शुरू से हम आपको पढ़ा रहे हैं एक नई बैच चल रही है है ना? अब तक आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा है एल सी पढ़ लिया अभी हाल ही में बोर्ड मार्स का रूल भी पढ़ लिया जोड़ना घटाना गुड़ा भाग ये भी पढ़ लिया था परमीय अपरमीय संख्या में ये भी आपने पढ़ लिया था लेकिन इसमें अभी थोड़ा हमें आपको और बताना पड़ेगा परमीय और अपरमीय संख्या में अभी थोड़ा अभी और बताना है तो सभी जल्दी से परमीय अपरमीय संख्या हेडिंग डालिए और सेशन को लाइक करके बाबू अपनी अटेंडेंस लगाइए कि हाँ आप जुड़ गए हैं जल्दी करिए देर मत करिए फटाफट सेशन को लाइक करिए जिससे आपकी अटेंडेंस लग सके कि हाँ आप जुड़ गए हैं सभी अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए तब तक हम यहाँ टाइटल डालते हैं इधर साइड में आ, दिख कहाँ तक रहा है कैसे दिख रहा है वो भी मुझे देखना पड़ेगा तो थोड़ा रुकना ये सेवन नंबर क्लास है आज शेड्यूल नहीं किया था मिस्टर ने पहले से मैं इनको क्या कहूं रोज गालिये दू इनको काम कहता भैया कहा शेड्यूल कर दिया करो बाबू सुबह से ही लेकिन क्या करूं किसके किसके पीछे डंडा लेके पड़ा रहा हूं? पूरा दिन बिता देंगे लेकिन शेड्यूल नहीं करेंगे चलिए सुनिए फिर ठीक है आगे रेफनल और इरेफनल संख्या परमीय और अपरमीय ये आप कल पढ़ रहे थे इनमें थोड़ी सी हम और बात करेंगे हुँ? जैसे अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं संख्या है ट्वेंटी फाइव तो ये परमीय है कि अपरमीय बताओ अगर परमीय संख्या है तो आप बोलिए जल्दी से पी अगर अपरमीय है तो बोलिए आई मतलब इ रेफनल नंबर तो चलो एक काम करते हैं वो क्या है हम बीच में संख्या लिखेंगे इधर साइड में परमीय है इधर अपरमीय इनको बाद में डिफाइड करेंगे जैसे मैंने लिखा ट्वेंटी फाइव अपन हंड्रेड ये अंडर रूट में है तो ये ये नंबर नंबर है है कि ईमानदारी से बताना मैं कोड दे रहा हूं इसके लिए अगर ये रेफनल नंबर है तो आप लोग बी लिखेंगे फिर बी, ठीक है, बी मतलब ये कोड है और अगर इरेफनल है तो आप इसे आर लिखेंगे आर तो रेफनल के लिए हो जाएगा जाने दो क्यू लिखना क्यू ठीक है क्यू मतलब अपरमी इस क्वेश्चन के लिए कोड है बताइए अगर ये रेफनल नंबर है तो आप बी लिखेंगे बी बी लिखेंगे बस अगर अपरमी है है तो क्यों आचल पटेल ऋषि मीना जी अनिल मिली प्रीति मौर्या कोशिश ही तो करना है उसमें क्या जाता है हुँ? एक चीज और बता दें प्यारे साथियों कि आप सभी पी स्टडी को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपको क्लास के लिंक शेयर किए जा सके क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में हम मैसेज नहीं भेज पाते हैं व्हाट्सएप हमारा वर्क नहीं करता बहुत हैंग करता है 500 ग्रुप है वो चलता नहीं है तो देखो भैया ये ई नंबर नहीं है बाबू ये रेफनल नंबर है इसका आंसर होगा बी जो बी लिख रहा सही है कुछ अपने दिमाग लगा रहे हैं तो फिर उनकी बातें अलग है, है ये रेफनल नंबर है परमीय संख्या है देखो कैसे सुनो एक्चुअली ये मैंने ए पे लिखा था इसे बी पे अंडरवुड पच्चीस बटा सौ देखो भैया पांच वर्गमूल आ जाएगा पच्चीस का आपको पता है सौ का वर्गमूल दस आ जाएगा पांच बटा दस और फाइव अपॉइंट को हम लिख सकते हैं क्या P के फॉर्म में लिख सकते हैं ना सो बीन राइट ठीक है मोनू, क्लास इसी टाइम होती रोज। चलो, अब इधर देखिए, जैसे मैंने इसमें अगर A नंबर लिखा इसमें मैंने लिखा अंडरवुड पच्चीस बट्ट यहाँ पे सात तो इसमें देखिए पांच इसका वर्गमूल तो हो जाएगा फाइनल में इसे आप पांच बटा रूट सात लिखोगे बट ये अब मामला अटक जाएगा इसे हम पी अपान क्यू के बराबर नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें क्या है मुखौटा लगा है समझ रहे हैं ना आज क्लास पहले से शेड्यूल नहीं थी सैटरडे भी था इसलिए आज लोगों के मन में थोड़ा डाउट था कि आज ये चलेगी कि नहीं चलेगी पहले क्लास शेड्यूल थी नहीं क्या करूं ये लोग गलती कर जाते हैं सुनिए तो क्या है इरेशनल नंबर है अब यहां पर एक चीज आपको सीखने को मिलेगा कि अगर फ्रैक्शन फॉर्म में नंबर लिखा है दोनों पूर्ण वर्ग या पूर्ण घन संख्याएं हैं तब तो वो परमीय होंगी अगर एक संख्या पूर्ण वर्ग है परफेक्ट स्क्वायर है दूसरी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तब भी वो इरेशनल नंबर ही कहलाएगी रेफनल नहीं कहलाएगी इधर देखिए जैसे अंडर रूट बटा यहां पे 100, ये क्या होगा भैया रेफनल होगा कि इरेशनल? बताइए मुखौटा का मतलब बताएंगे बाद में सुनिए, भी एक नंबर होगी नहीं होगी क्यों? एक्चुअली क्या है कि क्योंकि हजार पूर्ण घन संख्या है वर्ग नहीं और यह पूर्ण वर्ग संख्या है अगर हम इसे चाहें भी तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं अंडरवुड एक हजार बटे दस तो ये एक हजार का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं वन थाउजेंड का आप वर्गमूल नहीं निकाल सकते हो एक पूर्ण संख्या के रूप में जो भी आएगा डेसिमल में आएगा तो इसलिए ये क्या होगा इरेशनल नंबर होगा सोनाली तो वर्मा हाँ जी कमेंट आपका आ रहा है ठीक है प्रत्येक धनात्मक अपरमीय संख्या के संगत एक तथा ऋणात्मक अपरमीय संख्या होती है जैसे ए एक अपरमीय संख्या है तो माइनस ए भी एक अपरमीय संख्या होगी यह आवश्यक नहीं है कि दो अपरमीय संख्याओं का योगफल सदैव अपरमीय होगा अब थोड़ा प्रॉपर्टी के बारे में जान लेते हैं कोई दो अपरमीय संख्याएं हैं तो उनका योगफल भी अपरमीय होगा ये जरूरी नहीं है ठीक है जैसे अगर कोई दो पागल दंपत्ति हैं या एक पागल है या ऐसे समझ लो किसी प्रकार के अपाहिज हैं तो उनके बच्चे अपाहिज होंगे ये कोई सौ परसेंट कहा नहीं जा सकता है ठीक है अब इनकी प्रॉपर्टी के बारे में सुनिए चाहे तो लिख लीजिए परमीय और अपरमीय संख्याओं के गुण प्रॉपर्टी ऑफ रेफनल एंड इरेफनल नंबर पहला है किसी धनात्मक सॉरी प्रत्येक धनात्मक प्रत्येक यानी सभी धनात्मक अपरमीय संख्या के संगत अपरमीय संख्या के करस्पॉन्डिंग में क्या होता है एक ऋणात्मक अपरमीय संख्या होती है जैसे अगर अंडर रूट में फाइव एक अपरमीय संख्या है ये पॉजिटिव है तो माइनस में अंडरवूट फाइव भी एक इसके संगत अपर संख्या होगी ठीक है सुनिए और दूसरा <coughs> ये पहला हो गया मान लो दूसरा किन्हीं भी दो अपरमीय संख्याओं का योगफल भी अपरमीय होगा ये सही नहीं है जैसे अगर अंडरवूट तीन और इसमें अगर हम जोड़ें माइनस का अंडर रूट तीन तो बराबर जीरो आता है अब बताओ हैल नंबर है कि इरेफनल है जीरो इरेफनल है कि रेफनल है हम्म जीरो क्या है शून्य क्या है एक रेफनल नंबर है परमीय संख्या है यानी हम कह सकते हैं कि दो अपरमीय संख्याओं को जोड़ें तो वो परमीय हो सकती हैं, ठीक है थिक排? एक चीज और यह भी आवश्यक नहीं है कि दो अपरमीय संख्याओं का गुणनफल भी अपरमीय होगा यह भी आवश्यक नहीं है कि दो अपरमीय संख्याओं का गुणनफल भी अपरमीय होगा समझ रहे हैं ना फालतू कमेंट वालों को ब्लॉक कर दीजिए बिना कुछ बोले फटाफट चलिए अगला मैंने क्या कहा कि आवश्यक नहीं है कि दो परमीय सॉरी अपरमी इेफनल नंबर का मल्टीपल भी इेफनल होगा जैसे एग्जांपल के लिए देखो अगर मैंने लिखा है अंडर रूट फोर्टी वन इन ये दोनों हैं तो इरेफनल नंबर लेकिन इनका अगर मल्टीपल करोगे तो ये 41 आ जाएगा जो कि रेफनल नंबर हो जाएगा क्या हो जाएगा रेफनल नंबर हो जाएगा यानी परमीय संख्या हो जाएगी समझ में आया कि नहीं मैंने क्या कहा एक बार फिर से सुन लीजिए भी दो अपरमीय संख्याओं का योगफल परमीय संख्या हो सकता है यानी दो अपर संख्याओं को जोड़ा जाए तो वो परमीय हो सकती हैं कोई भी दो अपर संख्याओं का गुणा किया जाए तो वो भी अपरमीय से परमीय हो सकती हैं किसी भी पॉजिटिव यानी धनात्मक अपरमीय संख्या के संगत एक ऋणात्मक अपरमी संख्या भी होती है ये इनके गुण पर गुण है अपरमीय संख्या में एक अपरमीय संख्या तथा एक अशून्य परमीय संख्या का गुणन सदैव अपरमीय संख्या होता है सुनिए एक परमीय संख्या हो और एक अपरमीय संख्या हो तो उनका गुणनफल सदैव अपरमीय संख्या होता है। याद रखना एक रेफनल नंबर हो और एक रेफनल नंबर हो तो उनका गुणनफल सदैव इेशनल होता जैसे एक शराबी हो खूब मस्त पी के एकदम बिंदास शाम को नालिम पड़ा रहता हो और एक उसका दोस्त हो जो बड़ा सीधा साधा हो पहले ना पीता हो बिल्कुल देखता तक ना हो तो तुम जिंदा का आयो नहीं देख रहे हो तो भाई देखो ना आ? तो क्या होगा कुछ दिन बाद वो भी उसी के साथ पड़ा रहेगा पक्का ये ज्यादा उम्मीद है लेकिन वो छोड़ दे पहले वाला ऐसा नहीं हो सकता है ये कम चांस है समझ रहे हो ना तो वैसे तो अपरमीय संख्याओं का मल्टीपल एक सॉरी रुक जाओ एक परमीय और एक अपरमीय संख्या का गुणनफल भी एक अपरमीय संख्या होता है क्या होता है अपरमीय होता है समझ में आया ना कोई डाउट एनी प्रॉब्लम नहीं चलो तो और भी बताएं इसके बारे में कि नहीं दीजिए अब और कुछ नहीं बताएंगे यहां पे कोई प्रकार का क्वेश्चन मत पूछिए आगे पढ़ाने दीजिए आगे पढ़ाने दीजिए ठीक है ये बताइए मैंने आपको पूर्ण संख्याएं पढ़ाया है ना पूर्ण संख्याएं पढ़ाया है ना तो पूर्ण संख्याओं में है शून्य के गुण तो फिर से लिख लीजिए नंबर यानी पूर्ण संख्या ठीक है कोई कह रहा है ये परमीय संख्या नहीं गधा हूं ये परमीय संख्या है सेवन ये सेवन क्या है सेवन परमीय है ये अपरमीय है अपरमीय है तो ये और अपर गुड़ा करके ये अपरमीय बन रहा है समझ में आया ना समझ में आया ना तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100 जो दो अपर है उनका मल्टीपल अपरमी ही हो सॉरी पर हो जाएगा मैंने कहा कि ये हमेशा नहीं पॉसिबल है कि उनका गुड़ा अपरमीय ही होगा मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं मैंने ये कहीं नहीं कहा कि अगर दो अपरमीय संख्या उनका गुणा करोगे तो हमेशा परमीय हो जाएगा ऐसा नहीं हो सकता है जैसे अभी देखिए गौतम पटेल जी बता रहे हैं सही बात दोनों पॉसिबल है आगे आपका अगला एक नया अध्याय है फाइव नंबर अध्याय पूर्ण संख्याओं पर आधारित संक्रियाए पूर्ण संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं तो लिखिए पूर्ण संख्याए होल नंबर ईमानदारी से बताइए क्या आपने कॉपी पेन लिया है कॉपी पेन लिए हैं आपके नहीं लिखिए पूर्ण संख्याए होल नंबर सुनिएगा इधर साइड में सुनिए पूर्ण संख्याएं नंबर देखिए वो संख्याएं कम सही पड़ रहा है प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में जीरो को भी शामिल कर लेते हैं तो जो संख्याएं है बनती हैं वो सभी क्या कहलाती हैं पूर्ण संख्याएं है कहलाती हैं और ये शून्य से अनंत तक होती हैं है ना यही तो होता है इसमें लिखिए आ, पूर्ण संख्याओं के गुण प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर पूर्ण संख्याओं के गुण प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स पहला है शून्य के गुण अब पूर्ण संख्याओं में नंबर एक शून्य के गुण बहुत इंपॉर्टेंट है ये बेरी बेरी क्योंकि लाइफ में हर जगह आएगा ये लिखिए इसमें शून्य का योग संबंधित नियम यानी ला ऑफ एडिशन ऑफ जीरो ला ऑफ एडिशन ऑफ जीरो इसमें लिख लीजिए शून्य का योग संबंधी नियम लिखिए देखिए पहले सुन लीजिए शून्य को किसी भी संख्या में जोड़ा जाता है तो उसका मान वही संख्या आती है जिसमें वो जोड़ा जाता है समझ रहे हो ना शून्य को किसी भी संख्या में जोड़ा जाए तो उसका आंसर वही आता है उदाहरण जैसे मान लो कि मैंने शून्य को पांच में जोड़ा तो इसका आंसर पांच ही आएगा अगर मैंने शून्य को बारह में जोड़ा तो इसका आंसर बारह ही आएगा एक चीज और अगर किसी नंबर में शून्य को जोड़ा जाए जैसे 105 है इसमें जीरो को जोड़ा जाए शून्य को तो 105 आएगा अगर 11 में शून्य को जोड़ा जाए तो 11 आएगा इक्कीस में शून्य को जोड़ा जाए तो इक्कीस आएगा बताओ सही बोल रहे हो ना हम्म स्नेहा सिंह बिपिन कबीर स्टडी क्लब सोनाली बर्मा क्षमा गुप्ता समझ में आ रहा तो सभी साथी सेशन को लाइक करते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आपकी जिम्मेदारी है हम्म ठीक है बीच में थोड़ा सा ब्रेक करिएगा आधा मिनट के लिए जाइएगा मत और स्कीप मत करिएगा देख लीजिएगा एड वगैरह हो गया आपने पहला लिख लिया ना जीरो इंटू जीरो भी जीरो होगा ठीक है अब चलिए आगे बात करते हैं सुनिए समझ गए ना जीरो को किसी भी संख्या में अगर हम जोड़ें या फिर किसी भी संख्या में जीरो जोड़ें तो आंसर वही संख्या आती है शून्य का गुणन संबंधी नियम अगला लिखिए शून्य का गुणन संबंधी नियम नेक्स्ट लिखिए शून्य का गुणन संबंधी नियम गुड़न संबंधी नियम चलिए फटाफट लिखिए गुड़न संबंधी नियम इसमें क्या होता भैया अगर शून्य में किसी भी संख्या का गुणा करें या किसी भी संख्या से शून्य में गुणा करें तो हमेशा और हमेशा क्या आता है शून्य ही आता है क्या आता है शून्य आता है किसी भी संख्या में लिख लीजिए इसको गुणन संबंधी नियम नीचे लिखिए शून्य का किसी भी संख्या में गुणा किया जाए या किसी संख्या से शून्य में गुड़ा किया जाए तो आंसर हमेशा शून्य ही आता है उदाहरण जैसे जीरो का गुड़ा नौ में किया तो जीरो आएगा अगर जीरो का गुड़ा एक हजार एक, एक सौ पांच में किया तो जीरो आएगा जीरो का गुड़ा आप फिफ्टी नाइन में करोगे तब जीरो आएगा या मान लो एक सौ पंद्रह में जीरो का गुड़ा करो तो जीरो आएगा तीन में जीरो का गुड़ा करोगे तो जीरो आएगा मतलब कुछ भी आप कर लो अगर जीरो का उसमें मल्टीपल हुआ तो हमेशा सब जीरो हो जाता है समझ में आया ना हम डेली क्लास की नोटिफिकेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से सभी साथी पीवीआर स्टडी का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें जिससे आपको नोट्स क्लास की इंफॉर्मेशन पीडीएफ और जो भी अन्य क्लास से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे ठीक है ये बात ध्यान रखना बात पक्की मिटा चलो देखिए मैं मिटा इसलिए रहा हूं क्योंकि मुझे इतने दूर में सब हटाना है अगला लिखिए शून्य का भाग संबंधी नियम शून्य का भाग संबंधी नियम <coughs> लिखिए शून्य का भाग संबंधी नियम यह समझने लायक है अगर किसी भी संख्या में शून्य का भाग किया जाए मैं लिंक दे दे रहा हूं कमेंट में रुक जाओ अगर किसी भी संख्या में शून्य का भाग किया जाए तो हमेशा क्या आता है अनलिमिटेड आता है अनलिमिटेड नहीं इनफाइनाइट आता है अनंत है ना किसी भी संख्या में अगर शून्य का भाग दिया जाता है तो अनंत आता है लेकिन किसी भी संख्या से अगर शून्य में भाग किया जाता है तब फिर बात अलग हो जाती है रुक जाओ थोड़ा सा लिंक दे देता हूँ कमेंट में कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक पिन कर दिया है टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना पीछे की सारी क्लासे उसमें इकट्ठा भेजी जाती हैं मिल जाएंगी सब चल भैया बड़े कदम ना रुके कभी झंडा ये ना झुके कभी चलो हाँ तो हम क्या बता रहे थे कि शून्य का भाग संबंधी नियम अगर किसी भी संख्या में जीरो का भाग करते हैं तो अनंत आता है कोई भी संख्या हो चाहे कुछ भी हो जीरो का भाग करने पर अनंत आता है कितने लोग जानना चाहते हैं कि यह अनंत कैसे आता है अगर आप इसको जानते हैं तो आप हां लिख के कमेंट करें मैं नहीं बताऊंगा अगर नहीं जानते हैं जानना चाहते हैं तो आप यन ए ना लिखिए और फिर मैं बताऊंगा चलो भैया हम्म क्लास का टाइम रात दस बजे से दस चालीस तक है मिक्कू यादव लगभग लोग जानते हैं ना क्यों भाई जानते हो ना आप लोग कुछ लोग कह रहे हैं बता दीजिए कुछ लोग कह रहे हैं जानते हैं ठीक है मैं एक बताई देता हूँ हमारा काम है बताना देखो भैया अगर मैंने कहा कि जीरो से हम साथ में भाग कर दें तो जीरो जीरो हम जीरो जाएगा चाहे जितनी बार ले जाओ यहाँ पे साथ आया अगर हम नौ बार भी ले गए तब वो यहाँ जीरो आएगा फिर घटाओगे भैया आएगा आठ बार ले गए अगर तब यहाँ जीरो आएगा यानी कितनी बार भी ले जाओ भाग करना शुरू कर दोगे ना तो आपके लड़के बच्चे नाती पोता सब भाग करेंगे कभी ख़त्म नहीं होगा ये आने वाली सभी पीढ़ियाँ ऐसे करती रहेंगी ख़त्म नहीं होगा क्योंकि ऊपर कितनी भी ज्यादा बार ले जाओ आप उसका मल्टीपल जीरो में होगा सब माटी हो जाएगा समझ <coughs> रहे हैं ना ये बात आप समझे तो इस कारण से क्या आता है हमेशा अनंत आता है इनफाइनाइट आता है अगर किसी भी संख्या में जीरो का भाग करना हुआ तो ठीक है पी के बर्मा भाई पी के बर्मा हुए हो या फिर बरमा होने के बाद पियो बुरा नहीं मानना मेरी बात को देखो इन लोग पूछना चाहते हैं इसलिए पूछ रहा हूं सरो भाई आप लोग है तो ये समझ गए ना आप भाग संबंधी नियम इसका हो गया और आगे क्या है एक मिनट रुके रहिए हाँ घटाने संबंधी नियम शून्य का घटाने संबंधित नियम लिख लीजिए पढ़ाना तो सब पड़ेगा ना टाइटल आप डालिए मैंने लिखूंगा मार्कर किसाई बड़ी महंगी है शून्य का घटाने संबंधित नियम अगर किसी भी संख्या से किसी भी पूर्ण संख्या से जीरो को घटाया जाए तो हमेशा आंसर वही संख्या आती है किसी भी संख्या से अगर जीरो को घटाया जाए तो आंसर हमेशा वही संख्या आती है अगर किसी भी संख्या को जीरो से घटाया जाए तो ये पॉसिबल नहीं है असंभव है इसमें कहीं उधार उधार नहीं जाएगा माइनस में नहीं लिखेंगे याद रखना ये रियली यही है कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो शून्य है उसमें से कभी घट ही नहीं सकता है जो कहते हैं कि माइनस में लिख देंगे माइनस पच्चीस वाला चीज है वो जीरो से घटा के आप माइनस पच्चीस नहीं लिखते हो अगर आप पंद्रह में से पच्चीस घटा रहे हो तो माइनस दस लिख दो ठीक है लेकिन आप जीरो में से घटा रहे हो इसकी कोई औकात ही नहीं इसमें जान नहीं जहान नहीं तो कैसे घटेगा समझ में आया परिभाषा ये है कि, कि किसी भी पूर्ण संख्या से अगर शून्य को घटाया जाए तो हमेशा वही पूर्ण संख्या दोबारा प्राप्त होती है समझ में आया ना ठीक है अब इसमें अगला लिखिए संख्या एक के गुण भैया ऐसा ऐसा गुण ये सब पूछा भी जाएगा कहीं कि नहीं बताऊं कि ना बताऊं एक मिनट में सुन लीजिए मैं इसको नहीं बताऊंगा एक वाला ऐसे लंबा लंबा सुन लीजिए जो लिखना चाहे वो लिख लेंगे जल्दी से संख्या वन यानी एक।, एक गुण इनके क्या क्या गुण है सुन लो पहला पहला है एक का गुणा संबंधित नियम यदि किसी भी संख्या को किसी भी प्राकृतिक संख्या को एक से गुणा किया जाए तो आंसर हमेशा वही संख्या प्राप्त होती है कौन संख्या जिसमें गुड़ा किया जा रहा है किसी भी प्राकृतिक संख्या को अगर वन से मल्टीपल किया जाए तो आंसर हमेशा वही संख्या प्राप्त होती है जिसमें गुड़ा किया जाता है ये पहला इसका नियम हो गया दूसरा भाग संबंधित नियम यदि किसी भी संख्या में वन से भाग किया जाए तो आंसर हमेशा वही संख्या प्राप्त होती है ठीक है यदि किसी भी संख्या में वन का भाग किया जाए तो आंसर हमेशा वही संख्या प्राप्त होती है इसे आप चाहें तो लिख सकते हैं नहीं तो समझ लीजिए बस अरे भाई किसी भी संख्या में अगर वन का भाग किया जाए जैसे देख लो मान लो मैंने अठारह लिखा था इसमें एक का भाग किया तो क्या करोगे तुम भाग करके इसको अठारह ही तो आएगा तो बस यही है वन का योग संबंधित नियम किसी पूर्ण संख्या में वन जोड़ा जाए तो वही संख्या में एक जोड़कर प्राप्त संख्या होती है यानी ऐसे ऐसे समझ लो किसी भी पूर्ण संख्या में अगर एक को जोड़ा जाता है तो उत्तर हमेशा उस पूर्ण संख्या की अनुवर्ती संख्या होती है यानी आने वाली संख्या होती है यानी अगर वन में इक्कीस में हमने वन जोड़ा तो बाईस हो जाएगा कर्मागत पूर्ण संख्याएं ऐसी पूर्ण संख्या जो क्रम से होती हैं कर्मागत पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं दो कर्मागत संख्याओं का अंतर सदैव एक होता है इसके बारे में आपको डिटेल में बहुत विस्तारित पढ़ाना पड़ेगा तो आपको समझ में आएगा और आज ज्यादा टाइम तो है नहीं तो आप लोग कहिए तो मैं थोड़ा सा रिविजन करवा दू इधर उधर का फिर टॉपिक पे पढ़ाएंगे अगली क्लास में ठीक है आज थोड़ा सा रिविजन करवा दे रहे हैं इस टॉपिक से हट फिर टॉपिक पे अगली क्लास में पढ़ाएंगे क्योंकि ये मटेरियल यहीं पे हो गया आपका एंड अब जो है वो पीडीएफ होती तो मैं आपको दिखा देता अच्छा रहता तो सुन लीजिए थोड़ा हट के सुन लीजिए अलग से सुनिए जैसे अगर यहां पर साथी मेरे तीन बटा पांच लिखा है और यहां पर आपका तेरह बटा पांच लिखा है तो इन दोनों में कौन बड़ा है कौन ज्यादा है अगर ये ज्यादा है तो आप P लिखेंगे अगर ये ज्यादा है तो आप क्यूँ लिखेंगे बताइए कौन ज्यादा है दूसरा ऐ क्यू नहीं डालो पे, ना ना ना रे बाबा ना ऐसा नहीं इसका B नंबर मान लो अगर ये एक बटा सात है और C है आपका ग्यारह बटा सात ये बताओ भैया इन दोनों में कौन बड़ा है देबेश अंसारी देवेश शर्मा सोनाली प्रभा दीपक हाँ कोशिश करिए सभी कौन बड़ा है इसका बी नाम मान है इसका सी अगर ये बड़ा है तो बी लिख दो ये बड़ा है तो सी लिख दो कोई बी भी मत लिखना रात का टाइम है समझ रहे हो डरावना चीज मत लिखना यहाँ पे चलो देखो गाली वाली मध्य ना मेरा मतलब ये कि जो बी बी बी चार पांच बार लिख देते हैं तो उसमें कुछ गड़बड़ हो जाता है फिर ठीक है हो गया आगे क्या करें अब कुछ और बात करें सुनिए हाँ ये हो गया डन ठीक है देखिए इसमें सिंपल सा है जिस भिन्न का अगर हर हर बराबर है तो उसमें अंश जितना बड़ा होगा वो भिन्न उतनी ही बड़ी होगी ठीक है अगर इनके डेनोमिनेटर इक्वल हैं, तो जिस फ्रैक्शन का नुमरेटर ज्यादा होगा वो बड़ा होगा हम कह सकते हैं 11 अपान सेवन इज ग्रेटर देन 1 अपान सेवन जैसे अगर एक आम है उसमें सात बच्चों को बांटा जा रहा है एक आम में सात बच्चों को इसमें 11 आम है सात बच्चों को बांटा जा रहा है तो 11 आम है सात बच्चों को बांटेंगे तो एक से ज्यादा मिलेगा एक एक को ना भाई सात आम तो ऐसे बढ़ जाएगा चार तब भी बचेगा एक एक मिलेगा इनको तो आधा का आधा भी नहीं मिलेगा जैसे कहते नहीं वो आ, क्या बोलते हैं फैमिली परिवार नियोजन वाले में एड वगैरह आता है हम दो हमारे दो है ना और गांव वाले या पहले के लोग क्या कहते थे हम दो हमारे निश्चित है नहीं कितने ये तो प्रभु का प्रसाद है मिल जाता है इसमें हम लोग थोड़े कुछ कर रहे हैं तो वो कितने हो जाते थे दस बारह पंद्रह अठारह हाँ चौकी बीस बच्चे वाले हमारे ग्राम सभा में एक लोग हैं बीस बीस ट्वेंटी और एक सात वाले हैं एक बारह वाले भी हैं और वो उल्टा मत सोचिएगा जो आप लोग सोच रहे हैं वो हम लोग के बिरादरी के <laughs> समझ रहे हो ना तो ये एक अलग चीज था जो आपको जानना चाहिए इसके बारे में भी समझ गए लेकिन हाँ एक चीज और जिस फ्रैक्शन का हर इक्वल ना हो यानी नोमरेटर अलग अलग हो डेनोमिनेटर अलग अलग हो जैसे देखिए अगर ये पांच बटा तीन है और ये आपका सात वटाचार है अब इन दोनों में कौन बड़ा है बताओ इन दोनों में कौन बड़ा है तो इसमें थोड़ा समझना पड़ता है इसमें थोड़ा सा समझना पड़ता है कैसे सुनिए इसमें साथियों एल्सियम लिया जाता है एल्सियम लेकर के इनके हर को बराबर किया जाता है एल्सियम लेकर हर को बराबर करते हैं तब समझते हैं जैसे देखो तीन और चार का एलसीएम लोगे तो बारह हो जाएगा बारह बारह में जब तीन का भाग करेंगे तो चार आएगा चार का पांच में गुड़ा करोगे चार पंचायत बीस वही प्रक्रिया दूसरे के लिए भी एलसीएम बारह ही होगा बारह में चार का भाग करोगे तीन आएगा तीन का सात में गुड़ा करोगे तीन सत्याईस यानी ये इक्कीस आम में बारह बच्चों को बांटा जाएगा इसमें बीस में बारह को मंटा जाएगा यानी कहने का मतलब ये बड़ा है चाचा गोपाल मौर्या सोनी वर्मा मोहम्मद जुबैर श्वेता यादव ठीक है वेरी गुड <coughs> बहुत अच्छे आप लोग सभी साथी सेशन को लाइक जरूर करिए आपकी जिम्मेदारी है कमेंट को हाइड करिए चैट को और लाइक बटन फटाफट दबाइए कुछ तो समझिए थोड़ा तो दया करिए कि हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो आप भी कुछ करिए थोड़ा बहुत समझ रहे हैं ना ये यह यहां प्यार वाली बातें नहीं हो रही है कि लेना देना तो व्यापार है जो देकर भी कुछ ना मांगे वही तो प्यार है तो यहाँ पर भाई कुछ मिल रहा है तो कुछ दिया जा रहा है बस वही जिंदगी है ना तो कम से कम लाइक तो करते रहो न चलो और क्या करना है अभी आंधी आ रही लग रहा फिर से का शाम को बड़ा तगड़ा सांधी आई थी फिरी के पाउडर कुल मार एकदम ओवर हो गए थे यहाँ पे लाइट वाइट भी गायब हो गई थी इन्वर्टर भी डाउन हो गया था देखो इस टाइम क्या होता है क्यों कितने लोग का नहीं चल रहा भाई ये वीडियो उडियो नहीं चल रहा है कहा तो आगे कुछ और चीज आप कर लीजिए क्वेश्चन बताते जाइए मैं ये सब आगे पढ़ाऊंगा ट्वेंटी परसेंट का मान बताओ ये सब मैं पढ़ाऊंगा क्लास में एक बटा दो को परसेंटेज में बदलिए ये अब अभ्यास प्रश्न हो रहा याद रखना सटरडे है ना पांच बटा पच्चीस या गई गई लाइट प्रतिशत में लिए सुनिए उसको आने लगी फिर से देखिए साथियों इधर सुनिए मैं सब बताऊंगा ये सब मैं पढ़ाऊंगा <coughs> अगर परसेंटेज लगा है इसका मान फाइंड करना है तो आप क्या करोगे पता है भाई एक मिनट रुक जाओ फिर से आंधी वाधी आ गई बंद करने दो एक मिनट यहां पे बड़ी आंधी आ रही है हाथ वाथ भी इसी में काट डाल रहा है रुक जाओ भाई थोड़ा सा रुक जाओ यार बड़ी धूल आती बाहर से खिड़की दरवाजे खुले रहते हैं तो हाँ तो ट्वेंटी परसेंट का मान निकालना है अगर परसेंटेज दिया है हटाना है तो आप सौ से भाग करोगे काटोगे एक बटा पाँच आएगा इसका आंसर वन अपॉन टू को परसेंटेज में बदलना है परसेंटेज में बदलने के लिए हमेशा सौ से गुड़ा करते थे ये पचास आएगा बराबर पचास परसेंट इसका आंसर आएगा इसका नियम मैं आपको मंडे वाली क्लास में सब विस्तार से बताऊंगा डिटेल से जब आप परसेंटेज में पहुंचेंगे तब क्योंकि आज रिवीजन हो रहा है अभी प्रजेंट टाइम में याद रखना ये रेगुलर नहीं है रिवीजन है ये रिवीजन है रेगुलर रेगुलर नहीं है इसको परसेंटेज में बदलना है इसको भी क्या करेंगे बाबू सौ से गुड़ा ट्वेंटी समझ रहे हो ना ये एक बटा पाँच या ये भी एक बटा पाँच ही था ये भी एक बटा पाँच ही था सबको समझ में आ रहा है ना हा? आ रहा समझ में तो इसको कर लीजिए देखिए रेगुलर आप लोग पढ़ेंगे आपका पांच अध्याय खत्म हो गया है फर्स्ट सेमेस्टर में सात क्लास में पांच अध्याय खत्म हो गया है डीएलएड में ज्यादा कुछ नहीं है अगर रेगुलर चलेगा तो ये दस बारह दिन में सब खत्म हो जाएगा थर्ड सेमेस्टर में कोई है पढ़ने वाला किसी के घर परिवार में तो मैं सोच रहा हूं कि तीन दिन थर्ड सेमेस्टर कर दिया जाए सही रहेगा ना तीन दिन सेकेंड सेमेस्टर कर दिया जाए मैथ में ज्यादा कुछ है नहीं सब खत्म हो जाएगा एक दिन में एक चैप्टर खत्म होगा तो फिर आज का सेशन बंद करते हैं किसी को क्लास से संबंधित कुछ कहना है तो बताइए क्लास से संबंधित कुछ भी आपको कहना है तो बोलिए वसीम अंसारी मिंटू कुमार अभिषेक सिंह पूजा राय अनामिका पराना अंसारी प्रभा दीपक अनिल यादव किसी को क्लास से संबंधित कुछ कहना है तो बताइए आप ये कंप्लीट कोर्स कम समय में आसानी से पढ़ सकते हैं पीवीआर स्टडी एप डाउनलोड करके ठीक है एक चीज आपको और बता दें नीचे नंबर चल रहे हैं उस पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं लेकिन अगर आप प्रीमियम कोर्स लेना चाहते हैं मैथ का जिनको मैथ में कुछ भी नहीं आता है बिल्कुल मैथ में एकदम जीरो है तो वो पी स्टडी में कोर्स ले सकते हैं या क्लास से संबंधित अपने दिल की कोई बात आप कहना चाहते हैं तो इस WhatsApp नंबर पर मैसेज कर सकते हैं इसका रिप्लाई हमें आपको करते हैं ठीक है हाँ बाकी जो नीचे नंबर चल रहे हैं नॉर्मल इंक्वायरी के उस पर आपको बहुत जल्दी रिप्लाई मिलेगा फास्ट लेकिन उसका रिप्लाई हमारे साथ लोग करते हैं इसका रिप्लाई हम करेंगे व्हाट्सअप पर ठीक है तो फिर भी अगर कोई जरूरी बात है तो आप कर सकते हैं नहीं तो कोई जरूरी नहीं है मिलते हैं फिर कल सुबह पीवीआर स्टडी थ्री पॉइंट जीरो चैनल पर कच्छा नौ की मैथमेटिक्स के साथ ये क्लास रोज रात दस बजे से चलती है दस बजे से दस बजकर चालीस मिनट तक ठीक है समझ गए ना टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने पिन कर दिया आप लोग ले लो भैया हाँ डेली क्लास की नोटिफिकेशन के लिए टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम पे आपको सारी क्लास मिलेगी अंग्रेजी का भी मिल जाएगा जल्दी ही मिल जाएगा मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक दे दे रहा हूँ कमेंट में ले लो फटाफट टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दे रहा हूं ले लीजिए और ज्वाइन जरूर कर लीजिए सारी नोटिफिकेशन आएगी मिलेंगे फिर अगली क्लास में तब तक के लिए जय हिंद कमेंट में दी गई